में दो बार पुजारी योर कुमार अवता में दो बार भीड़ के बोग के बोल जय जय कश्य ते माता तेरा वाली माता पढ़वाली हे माता तेरा वाली माता कपरवाली अक्षत फूल रोड़ी दे दी माता की पूजा चकुल रोड़ी के माता की पूजा फिर दीवा जग में माता नहीं कोई धन धन से भर देती माता भक्तों की बंदा माता, माता, माता तेरा वाली माता परवाली माता तेरा वाली हे माता परवाली अपना में दो बार पुजा दे तो के पता में दो बार पुजाली रुपयो रे सुमार भगतन लोगे फिर के, के बोल जय जयकाले ते माता तेरा ते वाली ते माता परवाली हे ते माता तेरा वाली हे ते माता परवाली मन मोडो तुम के धाम में आओ माया ते मन मोडो तुम्हारा के धाम में आओ अचु रोड़ी संग तुला टूनरिया चढ़ाओ अचड़ी संग लाल टूनरिया चढ़ाओ बड़ा अच्छा रहेगा तुम मैया ते ते का भैया को परी मैया तेरा वाली है मैया तेरा वाली है मैया का परवाली वाली अब का मे गोबार पुजागे और के जान हे माता तेरा वाली हे माता का परवाली हे माता तेरा वाली हे माता कपरवाली